जैसे एक कपड़ा हटाता है तो उसकी शक्ल काफी अजीब थी कहता है कि अगर तुम्हारी इंसानों को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ तो इसी इसीलिए मेरी बात सुन लो फिल्म की शुरुआत होती है मोस्को शहर की एक होटल को दिखाने से, जहाँ पर एक लड़का ओलेग अपनी नई दोस्त के साथ बातें कर रहा था अपनी तारीफ करते हुए बता रहा था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ मेरे पास बहुत पैसा है ये सुनकर उसकी दोस्त काफी मुतासिर होती है ये कुछ वक्त और साथ गुजारती है और जल्द शादी करने का फैसला करती है फिर एक जगह एक प्लेन अभी उड़ान भरता ही है की तभी अचानक उसका इंजन काम करना बंद कर देता है सभी लाइट बंद हो गयी थी जिसके बाद प्लेन भी सीधा आके जमीन आरोप गिरता है यहाँ पता चलता है की न सिर्फ ये प्लेन बल्कि पूरे दुनिया के हालात अचानक खराब हो गए हैं। बिजली से चलने वाली चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया है सारी लाइट्स धीरे धीरे करके बंद हो जाती है और पूरी दुनिया ब्लैक आउट हो जाती है मतलब लाइट ना होने से अंधेरा छा गया लेकिन पूरी दुनिया में अभी भी कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर बिजली मौजूद थी जिनमे एक मॉस्को शहर भी था मॉस्को शहर में टीवी आरोप चल रही खबरों में बताया जाता है की हमारा राब्ता पूरी दुनिया ऐसी कट गया है किसी को अभी कुछ पता नहीं चल रहा था की शहर की बाहर के हालात कैसे और न ही बाहर वालों को पता था की उनके शहर में अभी बिजली है उन्हें भी खबर देख रहा था उसे लगता है की शायद ई टेरिस्ट दहशत वर्दों का हमला अब जहाँ लाइट नहीं थी उन सारी जगहों को ब्लैकआउट एरिया और जिन जिन जगहों पर लाइट्स थी उन्हें लाइट एरिया का नाम दे दिया जाता है मोस्को की गवर्नमेंट ब्लैकआउट एरिया की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वो सारे ड्रोन कैमरास वहाँ भेजती है लेकिन रास्ते भी सारी के सारे ड्रोन अजीब तरीके ऐसी गायब हो जाते हैं जब सोल्जर्स वहाँ पहुँचती है तो वहाँ के हालात देख दंग रह जाते हैं दरअसल जब ब्लैकआउट हुआ तो यहाँ की सब जानदार चीजे जैसे की डॉग बिलिया मछलियाँ यहाँ तक के इंसान भी बड़े अजीब तरीके ऐसी मारे गए हर जगह लाश ही लाशें बिखरी पड़ी थी लग रहा था जैसे कुछ ही पल में ये पूरी जगह कब्रिस्तान बन गयी हो सोल्जर्स अभी चान बीन कर ही रही थी की तभी एक अमजान आदमी एक सोल्जर पर हमला कर देता है उसे पूरी तरह जख्मी करने के बाद उसके हथियार लेकर बड़ी स्पीड में वहाँ से भाग जाता है सब उस पर गोलियाँ भी चलाती है लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था एक भी गोली उसे नहीं लगती बस भागता ही जा रहा था ये देख सभी सोल्जर्स को काफी हैरानी हुई वो अंदाजा लगा लेते है की ये आदमी कोई आम इंसान तो नहीं लग रहा और अगर ये सच में कोई आम इंसान नहीं है तो बहुत खतरे की बात है अब ऐसे ही एक महीना गुजर गया किसी को भी हालात के बारे में पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हुआ अब हम एक लड़के को देखते हैं जो उलैक का दोस्त है वो भी एक सोल्जर था अपनी बुढ़ी माँ के साथ रहता था उनकी हालत ठीक नहीं थी पर जैसे उसे आर्मी का खत मिलता है वापस आने के लिए दिल पर पत्थर रखी वो मिशन के लिए निकल जाता है फिर सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करके कैप्टन उन्हें बताती है की ब्लैक एरिया ऐसी हमें जो लाशे मिली थी उन सब को में हमने टेस्ट करने के लिए भेजा था रिपोर्ट के मुताबिक उन सब मौत एक शहर की वजह ऐसी हुई जो जहर उन्हें दिया नहीं गया था कि उनके जिसने खुद बनाया ऐसा उन्होंने अपनी मर्जी से भी नहीं किया बल्कि किसी अजीब चीज ने उनके जिस्मों को ऐसा करने पर मजबूर किया और अब जैसे ही रात होती है सोल्जर्स की टीम ब्लैकआउट एरिया में जाने के लिए निकलने लगती है इनमें औलैग भी शामिल था जो देखता है कि मेरी नई दोस्त जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी वो भी जा रही थी क्यूँकी वो एक डॉक्टर थी वहाँ पहुँच ये लोग आपस में बात कर ही रही थी की तभी इमरजेंसी अलार्म बचने लगता है सारे सोल्जर्स जल्दी ऐसी अपनी अपनी पोजिशन के मुताबिक जंगल की तरफ गन प्वाइंट करके खड़े हो जाते हैं कैप्टन उन्हें बताती है की जंगल में जानवर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं सारे एक ही तरह के जानवर हैं, जिनका साइज काफी बड़ा है और फिर अगले ही पल वो जानवर सोल्जर्स पर झपट पड़ती है बुरी तरह हमला कर दिया था सोल्जर्स भी अपने बचाव में अंदर गोलियां चलाने लगते हैं। अगली सुबह है वो बुरे हालात दिखाए जाते हैं क्यूँकी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे वो लोग देखते है की हमला करने वाले जानवर जंगली भालू थे आरोप उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी की भालुओं ने चुट बना हमला क्यूँ किया क्यूँकी वो कभी भी ऐसे नहीं करते भी हमले में जख्मी हो गया था उसकी दोस्त क्यूँकी डॉक्टर थी उसका इलाज कर रही होती अब शहर के एक हॉस्पिटल में एक लड़का दाखिल था वो बेड पर लेटा था उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी दरअसल जब ऐसी ब्लैकआउट हुआ उसके साथ तभी से अजीबोगरीब हो रहा था उसे बूसी अनजान लोगों की आवाजें सुनाई देती थी एक आदमी जिसके बाल नहीं थे, हमेशा उसे तंग किया करता था असम ब्लैक आउट के होते ही इस लड़की के पास सुपर पावर आ गई थी उसके पास अलग ही तरह की ताकती थी उसकी, ताक उसकी आँखें जैसे ही खुलती है अपने सामने वो एक लड़के को पाता है लड़का उसे बता रहा था की मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जरूरी जानकारी तुम्हें देने आया हूँ दरअसल ये जो हालात पूरी दुनिया में हुए है वो अजीब तरह की नहरों के हमले की वजह से हुई है ये तीन तरह की लहरें हैं पहली लहर में सभी बिजली से चलने वाली चीजें खराब हुई दूसरी लहर में सभी जानदार चीजों का खात्मा हुआ और तीसरी लहर ऐसी तो सबसे ज्यादा तबाह होगी क्योंकि इसमें ये खतरनाक लहरें की यहाँ के लोगों को पपेट कठपुतलियाँ बना कर, कर इस्तेमाल करेगी अपने कंट्रोल में करके अपने लोगों आरोप हमला करवाएगी जिसका मतलब था की ब्लैक आउट एरिया में अभी भी लोग जिंदा बचे थे अब उस बीमार लड़के को उसकी कुछ समझ नहीं आई उल्टा वो को प्या गया था गार्ड को आवाज लगाता है ताकि वो इस लड़के को यहाँ ऐसी बाहर निकाले लेकिन जब गार्ड अंदर आती है तो उन्हें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं था क्यूंकि वो तो अपने दिमाग में ही उसे बात कर रहा था जिसमानी तौर पर वो कमरे में मौजूद था ही नहीं इन सब हालात और अपने कंट्रोल में ना होने की वजह से लाइट एरिया के लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हर तरफ तोड़फोड़ करके तबाहियाँ मचा रहे थे। यहाँ तक कि सोल्जर्स पर भी हमला करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब गवर्नमेंट की कोई जवान है उधर आर्मी कैंप में सोल्जर्स के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं इनमें एक ग्रुप कोलैक का था और एक उसके दोस्त का था ब्लैकआउट एरिया के हालात बहुत खराब थी सब कुछ तहस नहीं सो गया था पुल बुरी तरह टूट गया था क्यूँकी प्लेन तबाह होकर पुल पर ही गिरा था बहुत बिल्डिंग्स भी तबाह हो गयी थी पहले भेजी गयी आर्मी के हेलीकॉप्टर टैंक और गाड़ियाँ खिलौनों की तरह टूट के बिखरी पड़ी थी वो ले दोस्त अपने साथियों के साथ एक टाउन में पहुंचता है उनके साथ एक रिपोर्टर भी आई थी सभी टीम्स के सोल्जर्स अपने अपने एरिया की छानबीन कर रहे थे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं पर ना तो इन्हें कोई इंसान दिखता है और ना ही उनकी लाशें अब पावर्स लड़का जब एक जगह आरोप बैठा हुआ था तो तभी उसे मिलने एक आदमी आया जिसका नाम आईडी था इसने पहले तो अपना मुँह छुपाया हुआ था आरोप जैसे ही कपड़ा हटाता है तो उसकी शिकल काफी अजीब थी बाकी जिस इंसानों जैसा ही था वो बताता है की मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि इंसानों जैसा दिखने वाला एलियन हूँ तुम्हारी सुपर पावर्स को कोई इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में ये सब कुछ कर रहा है और उसी इंसान की मैं खोज कर रहा हूँ और वो आदमी वो विलन और कोई नहीं बल्कि मेरा भाई है मेरी ही तरह एलियन है और जब ब्लैकआउट हुआ था तुम ब्लैकआउट एरिया और लाइट एरिया के बीच में फंसे हुए थे यही वजह है कि आज ये ताकती तुम्हारे पास है लड़का कुछ समझ पाता इसी पे ही कैप्टन और उनके सोल्जर्स वहाँ आरोप आ जाते है आई डी आरोप देते लेकिन चनाक आई डी के सोल्जर्स के दिमाग को अपने कंट्रोल में कर देता है जिससे सोल्जर्स को कैप्टन दिखने लग जाता है आई और आई दिखने लगा था कैप्टन मतलब बदल के दिखने लगी थी, जिससे होता ये है की सारी सोल्जर असली वाले कैप्टन पर ही गेंट तानते थे आई डी कैप्टन को कहता है कि अगर तुम्हारे इंसानों को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ तो इसीलिए शांत होकर मेरी बात सुन लो जो मैं बताना चाहता हूँ ये सुनकर कैप्टन उसे इंक्वा रोम में ले जाती है आई उसे बताता है जैसे आप लोग अपनी प्लेनेट जमीन आरोप रहती हो हम भी ऐसे ही अपने प्लेनेट आरोप रहती है हमारी ये खूबी है काफी साल गुजर जाने आरोप भी हम बूढ़े नहीं होते और न ही जब तक की कोई हमें मार न दे जल्दी हमारे प्लेनेट का सूरज तबाह होने वाला है इसीलिए अब हमें नए प्लेनेट की तलाश है और क्योंकि तुम्हारे प्लेनेट को चुना गया इसलिए मुझे और मेरे भाई को यहाँ भेजा गया ताकि हमारे बाकी लोगों को यहाँ लाने के लिए हम जमीन को अच्छे से तैयार कर दें सबसे बड़ी बात जमीन पर सभी पुरानी चीजें जैसे कि पैरामिड जैसी चीजें दो लाख साल पहले हम एलियंस नहीं बनाई थी और हाँ मैं अच्छा हूँ मेरा भाई बुरा है वो आप सबको खत्म करना चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता की वो ऐसा करे मैं उसे रोकना चाहता हूँ अगले अड़तालीस घंटों में हमारी काफी बड़ी स्पेश जमीन आरोप आने वाली है और उससे पहले मेरा भाई ब्लैकआउट एरिया के इंसानो को पपेट इन गठपुतली के तौर आरोप इस्तेमाल करेगा तो तुम्हें लोगों का खात्मा करने के लिए यानी उस लड़के ने तीसरी लहर की जो बात बताई थी वो सच थी और वो लहर आईडी का भाई ही बना रहा था फिर उसकी सारी बातें सुनता तो लेती है और उसे यकीन नहीं होता दूसरी तरफ ओ लैक के दोस्त की टीम को अपने एरिया में एक जख्मी बच्चा दिखता है जो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था गुस्से वाला ये लोग उसकी मदद करते सवाल जवाब करने लगते है जानकारी लेने के लिए लेकिन तभी बच्चा एक सोल्जर के गर्दन में चाकू घुसा बहुत बुरी तरह उसे मार डालता है और अच्छे ज्यादा गुस्से में आकर कंट्रोल ऐसी बाहर हो गया था जो देख ना जाते हुए भी वो लहरी दोस्त बच्ची को बच्चे को गोली ऐसी मारकर उड़ाना ही पड़ता है यह देखकर रिपोर्टर काफी घबरा गई। अब जैसे ही रात होती है ब्लैकआउट की रहती है वो सारे पापिट जो आईडी की बाइक के शरण आरोप नाच रही थी सोल्जर्स की सभी टीम्स पर हमला कर देती है सोल्जर्स भी अपने बचाव में उन आरोप अंदर धन गोलियाँ चलाती है की तरफ ऐसी भी लगातार हमला हो रहा था और तो दोनों साइड ऐसी एक काफी बड़ी जंग छुड़ जाती है वो तो उसके बहुत सारे लोग मारे गए थे मदद के लिए वो आर्मी कैंप की तरफ गन चलाता है उसके अलावा सोल्जर्स के दो और ग्रुप ने फ्लियर चलाई जो देख आर्मी कैंप वाले बेचारी परेशान हो जाती है की अब हम किस मदद को इस सारी सूरत हाल के बारे में जैसे कैप्टन को बताया जाता है उसे यकीन हो जाता है कि आईडी सच बोल रहा है क्योंकि उसकी बात ही सच साबित हो रही थी कैप्टन के पास और कोई रास्ता नहीं था तो आईडी की मदद लेने के लिए वो राजी हो जाती है आईडी कैप्टन को कहता है कि मेरे भाई को ढूंढने के लिए हमें पावर्स वाले लड़के की जरूरत पड़ेगी मेरी भाई को मारते ही मैं सभी इंसानों के पपेट को कंट्रोल करके रोक दूंगा सिर्फ कैप्टन आईडी को लेकर आर्मी बेस पर पहुंचती है उधर अचानक से ओलेक के दोस्त की टीम पर बड़ा हमला हुआ इसमें एक एक करके सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं सिर्फ दो ही लोग बचते हैं ओलैक का दोस्त और रिपोर्टर पपेट की तादाद काफी ज्यादा थी इसीलिए वो बाकियों के पास जाने की कोशिश करते हैं ताकि साथ मिलकर उनका सामना कर सके आई डी लड़के को धीहान लगाने का कहता है मतलब ख्याल देखने में उसकी मदद कर रहा था ताकि लड़का ये देख सके कि आईडी का भाई कहाँ है कुछ इधर की मेहनत की बाद उसकी लोकेशन पता चल ही जाती है जो एक काफी बड़े बिल्डिंग की छत थी और वहीं से वो सारे पपिट्स को कंट्रोल करके सब करवा रहा था वो निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि पपिट्स ने लाइट एरिया पर भी हमला कर दिया है जिसका मतलब था की कि किसी लर का असर शुरू हो गया है तो इसीलिए वक्तों आरोप बात ना करते हुए कैप्टन आईडी के साथ वहाँ के लिए निकलने लगे पावर्स वाला लड़का आईडी को कहता है की मुझे तुम्हारी भाई ने देख लिया है वो मुझे मार डालेगा तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो आइडी जवाब देता है की नहीं तुम इधर बेस में ही महफूस हो वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है यही रहो यह कहने के बाद वो कैप्टन के साथ निकल जाता है वो लोग बेस से अभी थोड़ा दूर आए ही थे कि आईडी के बाई को पावर्स लड़के की लोकेशन पता चल जाती है यानी कि इस वक्त वो आर्मी बेस में है उसे मरवाने के लिए वो अपने बहुत सारे मिसाइल भेजता है बेस के सोल्जर्स मिसाइल को रोकने की कोशिश करते तो है कोई फायदा नहीं होता क्यूँकी वो बहुत ही ज्यादा थी और कैप्टन की आंखों के सामने ही उनकी पूरी आर्मी बेस तबाह हो जाती है बदकिस्मती ऐसी सभी सोल्जर्स पावर्स लड़का सब मारे जाते हैं यही देखकर कैप्टन को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ वो आई डी गन देती है कहती है कि तुम ये सब पहले से ही जानती थी है ना तो फिर उस लड़की को वहाँ छोड़कर कर ये घटिया हरकत क्यों की आईडी कहता है कि सिर्फ हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी इंसानियत को बचा सकते हैं और वैसे भी मेरे भाई को पावर्स वाले लड़के की लोकेशन पता चल ही जानी थी और अगर हम उसे साथ रखते तो अब तक हम भी मारे गए होते इसीलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा अगली सुबह ओलैक को अपना दोस्त और रिपोर्टर मिल जाते हैं एक दूसरे को जिंदा पाकर दोनों बहुत खुश थे गले मिलते हैं बाद में कैप्टन भी अपने सोलजर्स के साथ यहाँ उनके साथ शामिल हो गयी और वक्त को बर्बाद न करते हुए ये सभी उस बिल्डिंग के लिए निकल जाती है जहाँ पर आईडी डी का बाई स को कंट्रोल कर रहा था लेकिन रास्ते में वो पपिट्स इनका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं सोल्जर्स उनकी जान की परवाह ना करते हुए टैंक ऐसी उन्हें मारते हुए कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रही थी वो भी इन पर हमला कर देती है और इनके बीच काफी बड़ी जंग छुट जाती है कुछ पपिट्स तो अपने ऊपर बॉम्ब बांध सोल्जर्स आरोप गिर रहे थे ताकि अपने साथ साथ उन्हें भी उड़ा दे आरोप सोल्जर्स बड़ी मुश्किल ऐसी उनसे बचते बचाते बिल्डिंग तक पहुँची जाते हैं आई कुछ सोल्जर्स को लेकर बिल्डिंग की चत पर जाने लगता है जबकि बहुत सारे सोल्जर्स निजी ही रुक गयी थी पपिट्स का मुकाबले करने के लिए जिसके बाद आखिरकार ओलैक के दोस्त और आईडी का सामना उसके भाई से हो ही जाता है ओलैक का दोस्त आईडी के भाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो एक ही झटकी में उठाकर कर उसे दूर फेंक देता है फिर आईडी जाता है अपने भाई का सामना करने के लिए दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है दोनों ही कम नहीं थी एक दूसरे ऐसी बढ़ कर रही थे बराबर टक्कर दे रहे थे मुक्की मारने ऐसी उनके हाथों ऐसी चिंगारियाँ निकल रही थी दोनों ही वो ताकतवर है नीचे ओलैक और बाकी सोलर्स को पपट को रोकने में काफी मुश्किल हो रही थी क्यूँकी उनकी तादाद करोड़ों में थी वह खत्त हुआ नहीं रही थी पपट इतने चनाक थी कि तेल ऐसी भरे हुए ट्रक को लेकर उन पर हमला कर देती है जिससे काफी बड़ा तमाका हो जाता है कुछ को छोड़कर अब सारे ही सोल्जर्स मारे जाते हैं। मुश्किल से ये बस पाँच ही बचे थे और अब इनको ही पापिट्स का सामना करना था लेक और, और बाकी सोल्जर्स भी बिल्डिंग के ऊपर जाने लगते हैं। पापिट्स भी अपने लीडर इन्हें आई के भाई का साथ देने के लिए तेजी ऐसी उस बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे पापिट्स आते पहले ही आई जोर ऐसी अपने भाई को मुका मारता है आई अपने भाई के सीने ऐसी उसका दिल ही निकाल लेता है जो जाहिर है एलियन होने की वजह से डिवाइस की तरह का था वो दिल में एक लगा देता है जैसे उसका दिल तबाह होता है उसके भाई की भी मौत हो जाती है अपने भाई को मारने के बाद आर्डी को सभी पपेस का कंट्रोल मिल गया था एक ही झटके में वो उन सबको मार गिराता है अब वो सारे लोग जो जिंदा बचे थे इस जंग में जीतो गयी थी उन्हें कोई खुशी नहीं थी क्योंकि वो जंग ही ऐसी थी जो जिंदा बची थी जबकि करोड़ों की तादाद में बेगुनाह लोग सड़कों पर मरे पड़े थे केड़े मकोड़ों की तरह पूरी दुनिया का दिल हिला देने वाला सीन था आर्डियन सबको बताता है कि इंसानों में प्यार और रहम नहीं है तुम बहुत ही खुद हो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो यही वजह है की मेरा भाई तुम सबको मानना चाहता था ताकि एलियंस यहाँ ऐसी कौन ऐसी रह सके लेकिन मेरा मकसद कुछ और ही था और अब यहाँ वो सबसे बड़ा रास् खोलता है की मैं इंसानों की मदद इसलिए करना चाहता था ताकि इंसान मुझे अपना मसीह समझ ली यहाँ तक की अपना गोड ही समझने लगी जब लड़का गुस्से में आई डी ऐसी कहता है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानती थी तब ब्लैकआउट होने से क्यों नहीं रोका आई डी जवाब देता है कि अगर मैं वो रोक देता तो किसी के भी दिल में मौत का डर ना होता मेरी बात का कोई भी यकीन ना करता और वैसे भी तुम लोग काफी हो आबादी बढ़ाने के लिए जिन सबका मैं गोड में हूँ अगर बाकी लोग मर भी गए तो मुझे परवाह नहीं जिसका मतलब था की ये भी अच्छा नहीं है शुरू ऐसी अब तक ये बस अपना ही फायदा देखता आ रहा है ये सुनकर सब लोगो को बहुत गुस्सा आने लगा ओलैक की दोस्तों उस पर गनी तान देती है तब ओ दूसरे दोस्त उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि गन नीचे करो इसके जैसे लाखों आ रही हैं इसे मारोगी तो इन बाकियों को कैसे रोकोगी इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है वो बात कर ही रही थी की तभी लड़का चाकू से आड़ी पर हमला कर देता है लेकिन आडी को ये बात पता चल गई थी उसने लड़की के दिमाग को कंट्रोल में किया जिससे उसने आड़ी की बजाय कैप्टन को चाकू मार दिया और इस तरह ऐसी वो भी मारी गयी क्यूँकी यहाँ भी उसने अपना रूख बदलने वाला जादू किया था उनको काफी गुस्सा आ गया वो आईडी को मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है उसका दोस्त ऐसा करने ऐसी मना कर देता है दोनों की बहस हो गयी जो बढ़ती लड़ाई तक चली जाती है ओलैक का दोस्त उसे मार ही देता कि रिपोर्टर गन लेकर ओलैक के दोस्त पर चलाकर उसे जख्मी कर देती है अब ओलैक का दिमाग खराब करने के लिए आईडी डी उसके डर के कई रूपों में बैठ जाता है पर लड़का जानता था कि आईडी का असली रूप कौन सा है उसकी असली रूप को लेकर वो बिल्डिंग ऐसी कूद जाता है और इस तरह ऐसी उसके साथ साथ आई की भी मौत हो जाती है और अब ये चार लोग ही जिंदा बचे थे जो आने वाले एलियन का मुकाबला करेंगे कुछ देर में एलियन की स्पेशिया आ जाती है जो बहुत ही बड़ी थी शिफ का दरवाजा खुलता है आरोप अंदर ऐसी कोई नहीं आता तो अब ये लोगी अंदर चले जाती है अंदर जाने पर इन्हें एलियंस की लाखों चेंबर्स दिखते हैं, जिनमें सभी एलियंस सो रहे थे और तभी अचानक सभी चेंबर्स में लाइट जलने लगी और अजीब तरह का लिक्विड हिलने लगता है जिससे एलियंस होश में आने लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये लिक्विड जरूर उनका ऑक्सीजन है इसीलिए उनके जागने ऐसी पहले उलैक गोली ऐसी सबको मारने लगता है लेकिन उनके पास टाइम कम था और गोलियाँ भी नहीं थी इसलिए दिमाग लगा ऑक्सीजन के मेन पाइप को ही हथौड़े ऐसी तोड़ देती है जिससे होता यह है की वो सारे एलियंस जागने ऐसी पहले ही मारे जाते हैं और बस ऊंचे चेंबर्स बचे थे जिनमे उन्हें इसके मासूम बच्चे दिखते हैं। इन्हीं आईडी की बात याद आती है कि इंसान में प्यार और रहम नहीं और क्योंकि इस तरह के इंसान वो बनना नहीं चाहते थे इसलिए एलियंस के बच्चों का कुछ नहीं करते छोड़ देते हैं कुछ ही देर में एलियंस के सारे बच्चे अपने अपने चेम्बर से बाहर आ जाते हैं जो सारे आईडी जैसे ही लग रहे थे वो बच्चे इसलिए अब कोई खतरा नहीं था और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है